हेलो फ्रेंड्स हाँ आ रियू मेरा नाम संजय है फ्रॉम ईबिट सॉल्यूशंस और मैं आज आपके लिए जैसा टॉपिक लेकर आया हूं जो गवर्नमेंट के जितने भी टेंडर ऑनलाइन हो रहे हैं उसके जो अलग अलग पोर्टल हैं उसका एक कॉमन पोर्टल है जिसका नाम है, जिसका है e so, जेम जिसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट सो मेरा टॉपिक आज जैम पे होगा सो so, जेम पे जेम का इंट्रोडक्शन मैं आप जेम का इंट्रोडक्शन दूँगा तो so, जेम के बारे में बताना चाहूँगा कि जेम एक ऐसा पोर्टल है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट के सभी टेंडर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल हो पीएसयू हो या ऑटोनोमस बॉडी हो रेलवे के टेंडर हो सभी टेंडर जेम एक कॉमन पोर्टल है जिसमें टेंडर पब्लिश होते हैं पहले ही प्रोक्रेटमेंट था जो कि ई प्रोक्रेटमेंट में भी ऑनलाइन ही टेंडर पब्लिश होते थे बट अलग अलग स्टेट के और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोर्टल बने हुए थे स्टेट वाइज सेंट्रल वाइज पी एस वाइज और कॉल इंडिया है या आईओसीएल है तो उसके लिए अलग अलग पोर्टल बने हुए थे और अलग अलग पोर्टल पे टेंडर पब्लिश होते तो वो वहाँ पर जाके सेलर को बिल्डर को अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और उसका फिर पार्टिसिपेट करना पड़ता था बट जैम में ऐसा जेम में है जेम एक कॉमन पोर्टल है जैम में कोई भी टेंडर पब्लिश हुआ हूँ सेंट्रल हो या स्टेट हो सभी के टेंडर में आप बहुत ही आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हो बस एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है तो जैम के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो उससे पहले मैं जैम का आपको लिंक बता दूं कि जैम के अगर आप जैसे गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पे एक लिंक होगा जैम डॉट यही लिंक पे आपको जाना है जैम डॉट जी ओ वी फर्स्ट वन आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का लिंक इस टाइप का पेज ओपन होगा यही एक ऑफिशियल पेज है इसके अलावा दूसरे कोई भी पेज ओपन होगा अपने नहीं जाना है आपको यही ऑफिशियल पेज है इसीलिए आपको प्रोसेस करना है सो ये है आपका जैम का ऑफिशियल वेबसाइट तो सभी टेंडर इसी में पब्लिश होते हैं डायरेक्ट ऑर्डर भी इसी में मिलते हैं कंस्ट्रक्शन को छोड़ के कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन फील्ड को छोड़ के बाकी सारे जैसे कोई प्रोडक्ट हो या कोई सर्विस हो किसी भी रिलेटेड टेंडर इसी में पब्लिश होते हैं और तो वो भी सभी डिपार्टमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो या पी एस यू ओ है इसी में बताया सो so, जेम के अंदर ऐसा है कि जैम के हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो जेम के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको साइनअप में जाना होगा साइनअप में दो चीज़ देखेगी बायर एंड सेलर बायर बायर मतलब ख़रीदार ख़रीदार वही होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही खरीदारी कर पाएगा बाइ कर पाएगा सेलर कोई भी हो सकता है जैसे कोई कॉन्ट्रेक्टर वेंडर हम कहते हैं जैसे मैं सैलर को क्लिक करता हूं आपको आइडिया आ जाएगा सेलर कौन कौन हो सकता है और सेलर कौन कौन इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सैलर में लेते सैलर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गए प्रोपैटर कंपनी हो फॉर्म हो फॉर्म मतलब पार्टनरशिप कंपनी फॉर प्राइवेट लिमिटेड ट्रस्ट हो या सेंट्रल लिमिटेड हो कोई भी ये कर सक, कोई भी कंपनी हो पार्टिसिपेट इसमें आ, सेलर में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जेम पर बट आपका एक कंडीशन है कि जेम में यहाँ इंडिया में आपकी ऑफिस होना कंपलसरी है चाहे भले ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो बाहर से भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो फ़ॉरन से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो फ़ॉरन में, में मैन्यूफेक्चरिंग हो बट इंडिया में कंपनी होना कंपलसरी है सो आसानी से पार्टीसिपेट कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो तो ये तो रजिस्ट्रेशन करने का मैं आप, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया हम सिर्फ और सिर्फ सेलर के बारे में बात करेंगे ठीक है मैं वापस रिपीट करता हूँ बायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टेंडर निकालेगा या फिर वो खुद रजिस्ट्रेशन करेगा उसके उसका जो भी रजिस्टेड ऑफिसर होगा है ना नोडल ऑफिसर होगा वो रजिस्ट्रेशन करेगा और रजिश्रेशन करने के बाद वो टेंडर निकालेगा डायरेक्ट ऑर्डर भी लेगा है ना बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ सैलर के बारे में आप सैलर दो टाइप के होते हैं सैलर या ओ होगा या रीसेलर होगा ओ ई मतलब वहाँ रिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर और रीसेलर मतलब जो ओ से लेकर रीसेलिंग है वो रीसेलर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी रजिस्ट्रेशन होगा जेम पे ऐस ए रीसेलर में जाके यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ ऐसे मैं रीसेलर में गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए और ये पेज ओपन हुआ तो ये पेज में बाय डिफॉल्ट जो भी रजिस्ट्रेशन करूँगा वो एज रीसेलर ही होगा ऐसा रजिस्ट्रेशन जो भी होगा री होगा एज ए ओ आपको खड़ना हो तो आपको अलग से प्रोसेस करवानी होगी आफ्टर री सेलर आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वापस एक वेंडर असेसमेंट की प्रोसेस करवानी होती है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा सो so, फिलहाल के लिए बस इतना ही है कि जैम के बारे में मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना था कि जैम के जैम क्या चीज़ है और जिसको ये प्रोक्रम के बारे में ज़्यादा पहले से जानकारी उनको ये बहुत विजिक टॉपिक है so, ये सो ये जैम जैम में जो सभी गवर्नमेंट ये टेंडर इसमें गवर्नमेंट ऑनलाइन टेंडर इसमें पब्लिश होते हैं मोस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को छोड़ के अभी कंस्ट्रक्शन के टेंडर में ही आ तो so, इसमें आपको जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो मैं आपको उसका वेरिएशन दे पाऊँगा अबाउट जन इंट्रोडक्शन जन इंट्रोडक्शन और आगे कैसे वेरिएशन करना है इसका भी वीडियो है जीज़ियों मैं बनाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा जानकारी मिले और कैसे प्रोफाइल अपडेट करते हैं नेक्स्ट में फिर कैटलॉग कैसे बनाते हैं बिल्डिंग कैसे करते हैं सारी चीज़ें आ जाएगी सभी चीज़ें एंड टू एंड कवर करूँगा बट ये वीडियो के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर मेरी वॉइस में कोई दिक्कत हो या फिर कोई आपको कोई जैम के इंट्रोडक्शन रिलेटेड कोई तो भी इशू होगा मेरे को कमेंट कर सकते हैं ठीक तो मैं यहाँ पे वीडियो का समापन करता हूँ सो मिलते हैं नेक्स्ट so, वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय